था था। हमें हमारी किस्मत पलट सकती है इसीलिए कहते हैं कि अपने द्वारा जो भी काम करते हो अच्छे से डिसीजन लो तभी आपका राइट डायरेक्शन में आप सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हो ओ हेलो पता है कभी भी किसी के हाथों में किस्मत नहीं होती लेकिन हमारा एक छोटा सा डिसीजन लिया हुआ हमें हमारी किस्मत पलट सकती है इसीलिए कहते हैं कि अपने द्वारा जो भी काम करते हो अच्छे से डिसीज़न लो तभी आपका राइट right डायरेक्शन में आप सक्सेस की तरफ़ बढ़ सकते हो